हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय चैनल वेदा लेखा किचन रेसिपी चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आज मैंने आपके साथ फिर शेयर की है एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है दही की चटनी और इसे हम अपने घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसी से हम बनाएंगे और इसको आप इन्जॉय कर सकते हैं चपाती रोटी चावल और इडली डोसा अपम किसी के भी साथ तो चलिए चलते हैं यहाँ पर मैंने मिक्सर डाल लिया है इसमें मैंने एक कटोरी कोकोनट मैंने कच्चा नारियल लिया है और एक छोटी कटोरी ली है मूंगफली के दाने जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है दो से तीन बड़ी हरी मिर्च ली है और यहाँ पर मैंने लिया है एक चौथाई चम्मच जीरे जीरा जिसे हम क्यूमिन शीट कहते हैं अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक कटोरी दही यह फ्रेश दही है मैंने रात को ही जमाया है अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक पहले थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं जिससे पीसने में इजी आसानी से ये पिस जाए अब इसमें हम नमक डाल के स्वाद अनुसार और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे इसमें तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और ये देखिए पीस के मेरा जो चटनी है वो रेडी है तो हम इसे बर्तन पे निकाल लेंगे बढ़िया सा तो ये मैंने एक बर्तन पे इसे निकाल लिया है अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जिसमें हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन में एक टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैंने ये देखिए ऑयल अब गरम हो गया है तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर एक से आधा चम्मच राई के दाने डाल दिए हैं अब राई के दाने आप तब तक पकाइएगा जब तक ये फूटने ना लगे तो देखिए अब ये फूटने लगे हैं तो मैं अब इसमें डाल दूंगी दो से तीन लाल खड़ी मिर्च जिसे मैंने तोड़ लिया है अब ये बढ़िया सा इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी अब इसमें मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ते मीन्स मीठी नीम के पत्ते ये देखिए अब बढ़िया से इसको भी हम थोड़ा सा पड़का देंगे और इसे हम डाल देंगे हमारी चटनी में तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी चटनी हो गई है रेडी अब इसे आप सर्व करिए इल्ली डोसा किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों मेरी अदर वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दी है वहां जा आप मेरी पूरी वीडियोस देख सकते हैं अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और गर्मी के दिनों में इस दही की चटनी को फुल इंजॉय करिए बहुत ही बढ़िया चटनी लगती है ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में